Guys, Guys, guys, welcome back to our channel. channel channel agar pe pe jaldi ko ko ko subscribe dena dena. and bell notification press humare life life complete karte hain, hain. hote mein different types of se aaj ka video isi based तो आज का वीडियो इसी में बेस्ट है तो आज तो हाँ तो हम करने जा रहे हैं जरूर एंड तक देखना hum ek announcement karna hai. So now without any further फर्दर let's begin. बहन तो इतना ए चेक करवाओ यार उसका पानी लीक करके हमारे घर में आ रहा है अच्छा ठीक है सॉरी मैं बुलाती हूँ आज एसी वाले को आएगा तो ठीक करेगा अरे बुलाती हूँ नहीं आज की आज चेक करवाओ तुम्हारा वो एसी का जो है ना पानी मेरे टायर जो इनको खराब कर रहा है उसका कलर भी उड़ गया है इतने महंगे अब नहीं लगवाना पड़ेगा हाँ सॉरी मैं अभी बुलाती हूँ उसे हाँ उसे आज की आज ही करवाना और जो तुम्हारा कुत्ता है ना पूरा दिन भाव भाव करता रहता है दिन को भी रात को मैं सो नहीं पाती हूँ उसका वॉल्यूम थोड़ा कम करो यार अरे न थोड़ी कोई रिमोट का डिवाइस है जिसमें आवाज कम हो सके अरे मैं कुछ ही नहीं जाती ठीक करवाओ और भी बहुत सारी चीजें तुम ध्यान से सुनो आज नो नो नो नो समझ गई नहीं समझिए तुमको व्हाट्सअप में, में लिस्ट भेज दूँगी ठीक है जारी में होकर कंप्लेन करने ना आना पड़े सब ठीक करवा देना मैं जा रही हूँ नीचे वालों के पास ये कैसे पढ़ो है कंप्लेन का लिस्ट व्हाट्सअप कर रही है <Sing> <úcuk> हेलो जी हेलो गीता जी इतनी सुबह कैसे आए हाँ कैसे हो आप मैं ठीक हूँ आप कैसे हो अरे मैं बढ़िया हूँ वो क्या है ना चाय बनानी थी शक्कर खत्म हो गई थोड़ा चीनी दे, दे देना हाँ हाँ जी क्यों नहीं पूरा भर के लाना पांच छे लोगों के लिए बनाना ले लीजिए अरे इतना सा वही तो कह रही हूँ पाछ छे लोगों के लिए बनाना है ना चाय तो थोड़ा सा और दे, दे देना थी? जी सीमा आखिर पड़ोसन ही तो पड़ोसन के काम आता है चलो मैं चलती हूँ बाद में आऊंगी हाँ हाँ आना दोपहर में कभी मिलने आ आ ये ये अंदर अरे नहीं नहीं बैठी नहीं आई हूँ वो सब्जी बनाना है ना टमाटर चाहिए था मैं गई थी सुपरमार्केट लेने सामान ऑल बट फिर मैं टमाटर टमाटर लेना भूल गई तो देना एक ही टमाटर चाहिए एक से हो जाएगा ठीक है लेके आती हूँ अच्छा वाला लाना अच्छा पका वाला ये अच्छा टमाटर चलो मैं चलती हूँ थैंक यू तो मिलेगी, थोड़ा सा अदरक देना जरा थोड़ी सी पुदीना मिलेगी वो तो मोतू बनाना था काफी गर्मी हो गई है, तरबूज है क्या तरबूज काट के अरे वही चिड़ा है वापस सुबह थोड़ी सककर क्या दे दी हर बार मांगने आ जा रही है खोलना तो पड़ेगा ही।, ही। हेलो जी। हेलो। सीमा, वो क्या है ना आलू चेथ था मैं गई थी सुपर सब से सब्जियां लेना लेके लेना भूल गई पता है अरे तुमको कैसे पता पता नहीं होगा सुबह से तुम यही बोल रही कि लेने गई थी लेकिन भूल गई. क्या लाई तो हाँ, तो है यहाँ पे जितना जगह तुम्हें सामान दे रही हूँ सीमा सीमा बहन हाँ अरे वो आलू जल्दी ला के देना वो मेहमान गए घर पे सब्जी वब्जी बनाना है जी लेके आते अच्छा वाला बढ़िया सा आलू लेके आना है दो एक पे एक पे फ्री चलो मैं चलती हूं। जी जी जाइए थैंक यू सीमा बहन बहना वापस आक चल जाएगा तो मैं आ, आ सकती हूँ ना हाँ जी जी आप ही का तो घर है अच्छा चलो थैंक यू सीमा चलती हूँ मैं अगली बार पता चला घर ही मांगना आ जाएगी और बताओ अंजलि कैसे आना हुआ आज कुछ चाय पानी लेकर आओ अरे पूजा बहन चाय कॉफी की जरूरत ही तो पूरा दिन पी पी के मैं थक गई हूँ मुझे पार्टी ऑर्गेनाइज करना थोड़ी जल्दी है अब पार्टी ऑर्गेनाइज करना थोड़ी कोई बच्चों का खेल है अच्छा पार्टी से याद आया पार्टी आज सात बजे हाँ तो तुम आ जाना पूरे परिवार के साथ आना है क्या हुआ भाई सब की बहुत बड़ी डील हुई क्या अरे डील तो हर रोज होती रहती है उनकी मेरा बेटा है ना उसका मुंबई के सबसे बड़े कॉलेज में हुआ एडमिशन अच्छा तो तुम्हारी बेटी का एडमिशन अरे अरे तो कॉल अच्छा सरकारी कॉलेज में भी जा सकते वो भी अच्छा मिल जाता है सस्ते में अरे नहीं, नहीं अंजलि मेरी बेटी का स्कॉलरशिप मिला है अमेरिका के कॉलेज में अमेरिका अच्छा मुझे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है ना मैं चलती हूँ तैयारी करनी है बढ़िया इशू करने <laughs> अरे ये दरवाजा खुला है अरे शीला बहन अरे गीता बहन यहाँ <laughs> फ्री हो नहीं अभी थोड़ा डर अच्छा कोई बात नहीं बाद में कर लेना <laughs> अरे तुम भी बैठ जाओ बात करते हैं इतना लंबा टाइम हो गया है <laughs> अरे इतना बड़ा टीवी कब आया बीस इंच का है अभी लाया था छ नया लिया तुमने कहाँ से ली अरे वो है ना शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स उधर से अच्छा नंबर फॉरवर्ड कर देना मैं भी ऐसा टीवी ले लूंगी अच्छा है टीवी हाँ। अच्छा वैसे पता है कल मेरे को रात को ना 12 बजे ये घर में ऐसे लड़ने की आवाज आई थी तुम्हारे घर से आ रही थी झगड़ा हाँ? हुआ क्या तुम्हारे पति के साथ अरे अपना ही समझो मुझे बता सकती कुछ भी दिक्कत हो तो नहीं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कुछ झगड़ा नहीं हुआ शायद से बाजू वाले का होगा आवाज तो तुम्हारे घर से आती थी चलो छोड़ो अरे मुझे तुम्हारी बेटी ना कल नीचे बारह बजे दिख रही थी घर से निकाल दिया क्या तुमने उसे नहीं नहीं नहीं वो वॉक के लिए गई थी नीचे नीचे नीचे रात रात के बारे के रात के बजे बजे वॉक गई आप क्या कर रहे थे मैं oh, yeah. मैं अरे तो कचरा फेंक रही थी वो <laughs> अच्छा वैसे तुमने ये वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया क्या वो ज्वाइन कर रही थी मैं हो ही नहीं रहा था अच्छा तुम तो यूज करती मैं वाई -वाई -वाई? अब, पड़ोसन पड़ोसन की काम आती है ना तो यूज कर लेती हूँ अब खुद के घर में नया बनवाने के बजाय तुम्हारा ही इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं अच्छा अरे मेरे को शर्मा जी कितने सारी चीजें बताई रुको मैं तुमको भी बताती हूँ क्या था मैं ऐसे गौसेप वाली इंसान तो हूँ नहीं पर बताती तुमको, तुमको। नो, नो, नो, नो, नो, नो, <laughs> अरे हो तुम। अच्छा ऐसे खाने में क्या बनाई तुम टिंडे की सब्जी खाओगी <laughs> नहीं नहीं मैं टिंडे नहीं खाती हूँ किसी और दिन तुम तो मुझे टिंडे की सब्जी खिला सकती हो जी, जी ठीक है आज ठीक है कल सात बजे आ बना देना टिंडे की सब्जी गवार की सब्जी जो भी सब्जी बनानी है है जी जी जी बाय ये दरवाजा बंद करके जा रही हूँ ऐसे देखो बंद रखने का दरवाजा कभी बात खोलना <laughs> So guys this was it for our video hope you liked it now it's time for a special announcement so guys humne ek naya channel khola hai i u and anush shorts जिसमें हम हम शॉर्ट वीडियोस डालेंगे, बिहाइंड द सीन्स, फनी मोमेंट्स जिससे आपसे और कनेक्ट हाँ तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा एंड दिस इज टू ऑल ऑफ दब्सक्राइबर्स फर्स्ट टेन सब्सक्राइबर्स ऑफ अर न्यूज चैनल सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज अब ये था हमारा वीडियो और आप कौन से से रिलेट करते हैं, उसे जरूर बताना अरे कमेंट सॉफ तो है गाइस वीडियो को लाइक करो कम्युनिटी में कमेंट मार देना हाँ गाइज समझते तो आपको न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे एट होम एंड स्टे स्टेदी बाय